हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका फ्री लॉ अकेडमी में दोस्तों आज अपन सीआरपीसी का चैप्टर तीन पढ़ेंगे जिसमें न्यायालयों की शक्तियों के बारे में बताया गया है चैप्टर तीन है धारा छब्बीस से लगाकर कर छत्तीस तक नहीं सही पैंतीस तक ठीक है छब्बीस से लगाकर कर तक तो न्यायालयों की शक्तियाँ क्या हैं मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कितना दंड दे सकता है सी कितना दंड दे सकता है ये सभी इम्पोर्टेंट बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं तो देखते हैं धारा 26 क्या बात करती है तो धारा 26 बोल रही है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है कौन कौन से न्यायालय अपराध का ट्रायल कर सकेंगे तो ट्रायल कोर्ट कौन कौन सी है देख लेते हैं अपन तो भारतीय दंड संहिता के कि अधीन किसी भी अपराध का विचारण ठीक है ठीके? कुछ न्यायालय द्वारा किया जा सकता है कुछ न्यायालय तो कर ही सकती है और सेशन न्यायालय भी कर सकती है उसको किसी भी अनुसूची में देखने की जरूरत नहीं है वो छोटे से छोटे अपराध का भी विचारण अगर वो चाहे तो डायरेक्ट कर सकती है लेकिन इसके अलावा उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में दिखाया गया है ठीक है दोस्तों सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची देखिए उसमें आपको पता चलेगा उसमें बताया गया है कि कौन सा अपराध किस मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी है।, है लेकिन इसका एक अपवाद है कि महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों का विचारण महिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा किसके द्वारा महिला न्यायाधीश द्वारा फिर किसी अन्य विधि के अधीन अगर कोई अपराध बताया गया है तो उसका विचारण उच्च न्यायालय द्वारा या प्रथम अनुसूची में दर्शित मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाएगा ठीक है सत्तावीस धारा सत्तावीस धारा बात करती है किशोरों के मामले में किशोर मतलब क्या है दोस्तों जिसकी आयु सोलह वर्ष से कम है उसको बोला गया है सी में किशोर तो किशोरों के मामले में विशेष अधिकारिता दी गई है कि अगर किशोरों ने मृत्यु या आजीवन कारावास से कम दंडनीय कोई अपराध किया है ठीक है मृत्यु और आजीवन कारावास से को छोड़कर अगर कोई अपराध किशोर ने किया है जिसकी आयु सोलह वर्ष से कम है तो उसके अपराध का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा या बालको बालक अधिनियम किशोर एक्ट के अंदर जो मजिस्ट्रेट बताया गया है उसके द्वारा उसका विचारण किया जाएगा ठीक है दोस्तों तो न्यायालय कौन कौन सी कौन कौन सी न्यायालय दिन के द्वारा विचारण किया जा सकता है वो धारा छब्बीस में बताया गया है और धारा सत्ताईस में बताया गया है किशोरों के मामले में अधिकारी था अब बात करते हैं अपन धारा 28 में धारा 28 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें उच्च न्यायालय और शेषन न्यायालय की शक्तियाँ बताई गई हैं तो उच्च न्यायालय तो हाईकोर्ट हो गया दोस्तों लेकिन शेषन सेशन न्यायालय सेशन कोर्ट में कितने कोर्ट शामिल है दोस्तों तो सेशन कोर्ट में एक तो सेशन न्यायाधीश आ गया है सेशन न्यायाधीश दूसरा अपर सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश तीसरा सहायक सेशन न्यायाधीश तो ये तीनों मिलकर सेशन न्यायालय में कार्य करते हैं तो इन सब की शक्तियाँ क्या हैं यह बताया गया है धारा 28 में तो उच्च न्यायालय तो के ऊपर कोई रोकटोक नहीं है कि आपको ये दंड नहीं देना है यह देना है ठीक है तो मृत्यु दंड दे सकता है उच्च न्यायालय आजीवन कारावास दे सकता है कितना भी जुर्माना लगा सकता है किसी भी प्रकार का कोई भी दंडादेश उच्च न्यायालय दे सकता है ठीक है लेकिन वो विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए विधि द्वारा प्राधिकृत दंड क्या है दोस्तों तो आईपीसी की धारा तरेपन में जो पांच प्रकार के दंड बताए गए हैं उनमें से कोई एक दंड वो दे सकता है आईपीसी की धारा तरेपन में पहले छह दंड थे एक देश निकाला का भी दंड था लेकिन वो अब प्रवृत्त नहीं है इसलिए उन पाँचों दंडों में से उच्च न्यायालय कोई भी दंड दे सकता है ठीक है दोस्तों अब देखते हैं अपन शीर्ष न्यायालय शेषण न्यायालय में शेषण न्यायाधीश का क्या क्या दंड दे सकता है शेषण न्यायाधीश और अपर शेषण न्यायाधीश तो शेषण और अपर शेषण न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत तो वो भी कोई भी दंड दे सकता है लेकिन अगर वो कोई मृत्यु मृत्यु दंड अगर देगा ठीक है मृत्यु दंड देगा कैपिटल पनिशमेंट तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है ठीक है तो अपर शेषण न्यायाधीश और शेषण न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है लेकिन अगर उसके द्वारा मृत्युदंड या कैपिटल पनिशमेंट दिया जा रहा है तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है ठीक हाँ है हम देखते हैं सहायक शेषण न्यायाधीश कितना दंड दे सकता है तो सहायक शेषण न्यायाधीश दोस्तों मृत्यु मृत्यु या आजीवन कारावास और 10 वर्ष से अधिक के कारा आवास को छोड़कर कोई भी दंडादेश दे सकता है तो सिंपली बात ये बनती है दोस्तों कि वो 10 वर्ष से कम का कोई भी दंडादेश दे सकता है या 10 वर्ष तक का दंडादेश सहायक शिक्षण न्यायाधीश दे सकता है इससे ऊपर का दंडादेश देने की शक्ति सहायक शिक्षण न्यायाधीश को नहीं है तो ये दोस्तों धारा अट्ठाईस कंप्लीट हुई अपनी अब अपन देखते हैं धारा उनतीस धारा उनतीस में दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे तो कौन कौन से दंडादेश मजिस्ट्रेट दे, दे सकेंगे कौन कौन से सेंटेंस जो है मजिस्ट्रेट दे सकेंगे वो धारा उनतीस में बताया गया है ठीक है दोस्तों तो देखते हैं अपन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ठीक है दोस्तों मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम सीजीएम एम सी किशोरों के मामले में इसको अधिकारी था है ही सही किशोरों के मामले में ये मृत्यु और आजीवन कारावास से छोड़कर कोई भी दंडादेश का अगर 16 वर्ष से कम के बालक ने अपराध किया है तो उसका विचारण मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है लेकिन इसके अलावा 29 में वयस्कों के मामले में अगर इसको विचारण करना है तो ये सात वर्ष तक का कारावास कितना सात वर्ष तक का कारावास और असीमित जुर्माना का इसकी शक्ति है तो सात वर्ष तक का कारावास ये दे सकता है और असीमित जुर्माना मुख्य एक मजिस्ट्रेट लगा सकता है ठीक है अब देखते हैं अपन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी कितना जेएमएफसी को कितनी शक्ति हैं? तो ये तीन वर्ष तक का कारावास दे सकता है और दस हजार तक का जुर्माना लगा सकता है दोस्तों तीन वर्ष तक का कारावास और दस हजार तक का जुर्माना 2008 के संशोधन से पूर्व प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट की शक्ति पाँच हजार रुपये की थी लेकिन 2008 के बाद इसको बढ़ा दिया गया है और दस हजार जुर्माना कर दिया गया है अब देखते हैं सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट की शक्ति है एक वर्ष तक का जुर्माना एक वर्ष तक का कारावास ये दे सकता है और पांच तक का जुर्माना दे सकता है इसे भी दो में संशोधन करके दो किया गया इससे पहले यहाँ पर दोस्तों एक का जुर्माना देखी है और महानगर मजिस्ट्रेट भी देखे अपनों ने धारा सोलह में तो उनकी क्या शक्तियां हैं तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की शक्ति किसके बराबर है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट भी सात वर्ष तक का कारावास और असीमित जुर्माना दे सकता है और महानगर मजिस्ट्रेट की शक्ति देखेंगे महानगर मजिस्ट्रेट दोस्तों प्रथम कितनी शक्ति है दोस्तों तीन वर्ष तक का कारावास और दस हजार तक का जुर्माना ठीक है दोस्तों तो महानगर मजिस्ट्रेट को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को जेएमएफसी की इक्वल शक्ति प्राप्त है अब देखते हैं अपन धारा तीस धारा तीस बात करती है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास हाँ तो दोस्तों धारा तीस में क्या है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास अगर कोई व्यक्ति के किसी व्यक्ति पर जुर्माने जुर्माना लगाया गया है और वो जुर्माना देने में व्यतिक्रम कर रहा है देरी कर रहा है या दे नहीं पा रहा है तो, तो उस कंडीशन में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी या उसको कितना कारावास दिया जा सकता है जुर्माना देने में व्यतिक्रम तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर विधि द्वारा प्राधिकरत कोई भी कारावास दिया जा सकता है ठीक है लेकिन लेकिन लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है वो कारावास धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए मान लो कोई कारावास, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर का, कारावास का दंडादेश अगर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट ने दिया है तो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति कितनी है कारावास की शक्ति देने की एक वर्ष तक की तो वो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट एक वर्ष तक का ही कारावास दे सकता है उससे अधिक का नहीं दे सकता है ठीक है एक अपवाद तो ये होगा दूसरा अपवाद है मुख्य दंडादेश के एक चौथाई से अधिक नहीं होना चाहिए मुख्य दंडादेश मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी की है और चोरी का का दंडादेश है तीन साल का कारावास तो उस तीन साल के कारावास का ठीक है एक चौथाई से अधिक जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर नहीं दिया जा सकता है तो तीन का एक चौथाई कितना होता है दोस्तों बारह चौबीस दिया छत्तीस ठीक है छत्तीस अपॉइंट चार तो मतलब नौ महीने से ज़्यादा की जुर्माना देने में व्यतीक्रम के लिए कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है ठीक है दोस्तों दूसरा अपवाद ये हो गया एक चौथाई और धारा २९ के अधीन शक्ति के दंडादेश के अतिरिक्त दंडादेश मजिस्ट्रेट संदाय न करने के लिए जुर्माना संदाय जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी चोरी की और ट्रायल किसने की प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने किए तो इसने तीन साल का कारावास तो उसको चोरी के लिए दे दिया है ठीक है दोस्तों तीन साल का कारावास दे दिया है कि आपने चोरी की है इसलिए और उसको दस हज़ार रुपये का जुर्माना भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने दे दिया है और अगर वह जुर्माना नहीं दे रहा है तो उसके लिए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने एडिशनल एक वर्ष की ओर कारावास का सजा दे दिया तो ओवरऑल एक कारावास हो गया इसका चार वर्ष लेकिन ये तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की न्याय शक्ति तो तीन वर्ष तक की है तो दोस्तों तो ये मत भूलिएगा आप कि ये एक वर्ष का जो कारावास और एडिशनल है ये जुर्माना ना देने में व्यतीक्रम के कारण है इसलिए ये चार वर्ष की सज़ा दे सकता है इसके कारण जुर्माना अगर एक वर्ष की एडिशनल जो भी एडिशनल शक्ति से ज़्यादा जो कारावास की सज़ा है वो दोस्तों तो तो जुर्माने के लिए है तो वो दे सकता है ठीक है तो धारा 30 में जुर्माने न देने के व्यतिक्रम पर कारावास के बारे में दख, बताया जाए तो कितना कारावास विधि द्वारा प्राधिकत कोई भी दंडादेश दे सकता है कारावास दे सकता है लेकिन धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए और जो मुख्य दंडादेश है उसकी एक चौथाई से अधिक भी नहीं होना चाहिए और धारा उनतीस के अधीन अगर कोई मजिस्ट्रेट ने की शक्ति के अतिरिक्त वो दंडादेश दे रहा हो रहा है किसके कारण जुर्माने के कारण तो वो अवैध नहीं हो जाएगा ठीक है उसकी शक्ति बनी रहेगी अब बात करते हैं अपन धारा 31 की धारा 31 क्या बात कर रहे हैं दोस्तों एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडादेश एक ही अपराध में पढ़ने में डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको लेकिन जैसे बहुत ही सरल है दोस्तों एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्धि ट्रायल एक चल रहा है तो एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं अपन जिसको समझने की कोशिश करते हैं मान लो कोई व्यक्ति एक पर्सन ए हाँ दिख रहा है ना एक पर्सन ए चोरी करने के लिए किसी मकान में ये मकान बना दिया अपनों ने ये पर्सन चोरी करने के लिए इस मकान में गया ठीक है दोस्त तो चोरी की इसने अंदर और चोरी के बाद किसी व्यक्ति वहाँ पर किसी व्यक्ति ने इसको देख लिया और इसको रोकने की कोशिश की तो इस ए ने चोरी का माल ले जाते हुए उस व्यक्ति को तो चार रेपट रख दिए और रेपट रखने के बाद उस व्यक्ति ने इसको रोकना छोड़ दिया और ये चोरी करके वहाँ से आ गया तो दोस्तों यहाँ पर कितने सेक्शन इसके ऊपर लगे हैं तो एक तो थ्री सेवेंटी थ्री एट्टी लगा है क्योंकि किसी निवास स्थान से अगर इसने चोरी की चोरी का का दंड तीन सौ उन्यासी थ्री सेवेंटी नाइन में है लेकिन निवास स्थान से चोरी के लिए तीन लगेगा दोस्तों ठीक है तीन उसके बाद इसने ट्रेस किया है ठीक है तो टेस्ट के लिए थ्री फोर्टी नाइन और ग्रह अतिचार किया है तो उसके बाद इसको रोकने की कोशिश की थी तो इसने इस व्यक्ति को चाटे मारे तो उपहति भी हो गई दोस्तों तो उपहति के लिए तीन सौ पच्चीस ये लग गया इसके ऊपर तो दोस्तों तीन सेक्शन के अंतर्गत दंडादेश हो रहा है और चोरी के लिए मान लो तीन साल का है और इसके लिए दो साल का है ट्रेस के लिए और उपहति के लिए भी तीन साल का है तो ओवरऑल जो सज़ा हो रही है दोस्तों ये तीन छः और आठ साल की सजा हो रही है लेकिन तीनों अलग अलग मामले में या तीनों अलग अलग चार्जेस के अंदर हैं इसलिए वो सजा अवैध नहीं हो जाएगी कोई मजिस्ट्रेट अगर उसकी शक्ति से बाहर हो रहा है अलग अलग अलग अलग अपराधों में ठीक है तो जब एक ही विचारण में कोई व्यक्ति दो या अधिक अपराधों के लिए दो दो या अधिक अपराधों के ठीक है दो सीद्ध किया जाता है तब भारतीय दंड संहिता की धारा इकोत्तर के उपबंधों के अधीन यही बात इकोत्तर में भी बताई गई है तो आईपीसी की तो उसके अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए सक्षम है इनमें से जिन जिनको देने के लिए वह सक्षम है दे सकता है ठीक है जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हो तब यदि न्यायालय ने निर्देश न दिया हो कि ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएंगे अगर स्पष्ट निर्देश दिया है न्यायालय ने कि ये सभी दंड एक साथ साथ भोगे जाएंगे तो बात अलग है नहीं तो अगर ऐसा निर्देश नहीं दिया जजमेंट में तो वे क्रम से एक के बाद एक प्रारंभ होगा ठीक है दोस्तों इसका न्यायालय निर्देश दें किंतु इसका भी एक अपन एक सेप्शन है सबसेक्शन टू में 31 वन के सबसेक्शन 2 में इसका एक्सेप्शन है किंतु ऐसा संकलित दंड किसी भी दशा में ठीक है 14 वर्ष से, से ज़्यादा का नहीं हो सकता है तो संकलित दंड अगर मजिस्ट्रेट की शक्ति से किसी भी दशा में 14 वर्ष से अधिक का नहीं हो सकता है और जितना मजिस्ट्रेट की पावर है उससे दुगने से अधिक नहीं होना चाहिए मान लो जे एम साल की कारावास दे सकता है लेकिन अलग अलग दंडों में करके वो ऐसे छः साल तक दे सकता है अलग अलग एक एक मामले में या एक आरोप में एक दूसरे आरोप में मिलाकर तीन और तीन छः साल की दे सकता है उससे छः से दोगनी की नहीं दे सकता है ठीक है संकलित दंड से कोई अपील की जाती है तो सभी दंडादेशों को एक दंडादेश समझा जाएगा ठीक है दोस्तों अगर किसी एक आरोप से अपील हो रही है तो सभी दंडादेशों को एक ही समझा जाएगा इसके बाद दोस्तों थर्टी टू थर्टी में कुछ भी नहीं है उसमें शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग दिया गया है जो कि कुछ भी नहीं है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अब देखते हैं अपन धारा 35 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना तो अगर जेएमएफसी जेएमएफसी उपस्थित नहीं है तो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की शक्ति जे एम मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास उपयोग कर सकता है कुछ नहीं है दोस्तों अगर न्यायाधीश ऊपर वाला न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में उसके पद उत्तरवृत्ति उसका पद संभाल सकेंगे ये बात धारा पैंतीस में बताई गई है इससे अपना चैप्टर थ्री कंप्लीट हुआ अब अपन पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में चैप्टर फोर ठीक है दोस्तों